आपका दोस्त राजेश कश्यप अपने YouTube चैनल एड डार्कनेस ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कुछ नए ट्रिक्स के बारे में जानेंगे उनसे पहले हम अपने सिंपल तरीके में सॉल्व करेंगे और फिर उसे ट्रिक्स से लगाएंगे जिसे आप सिंपली उसे सॉल्व कर सकते हो तो आइए शुरू करते हैं तो कुछ लोग होंगे जो इसे एक्स मानकर कर सॉल्व करेंगे और बारह तौर तो जाकर उसका परसेंट मिलेगा ठीक है लेकिन अगर हम इसे ट्रिक से बनाते हैं तो पाँच पाँच आप पाँच सेकंड मैक्सिमम पाँच सेकंड हो जाएगा जिससे आप इसे डायरेक्टली निकल सकते हैं तो आप हम इसे पहले मैनुअल तरीके से समझ लेते हैं उसके बाद फिर हम इसे ट्रिक से समझेंगे ठीक है तो पहले हम इसे मैनुअल तरीके से समझ लेते हैं जैसा बहुत सारे लोग लगाते हैं ठीक है थी? तो वो तरीका हम लोग देख लेते हैं तो, तो सिंपली लोग क्या करेंगे को तो तो, तो लेंगे ठीक और इधर एक की वैल्यू निकाल लेंगे फिर कितना प्रतिशत होता है ठीक है एक की वैल्यू निकालेंगे कितना प्रतिशत होता है और उसके बाद बारह के वही यहाँ पे फुटक करेंगे फिर जाके उनका बारह का प्रतिशत निकलेगा कि बारह उनका कितना प्रतिशत है ठीक है तो, थुट थुट निकले। निकले तो एक है तो बारह बारह कितना होगा हंड्रेड इंटू ट्री तो ये शायद आ जाएगा अपना बीसेंट कोई तो भी सवाल परसेंटेज का अगर है तो आप तुरंत तो लगा सकते हो ठीक है तो सिर्फ उसका एक ही ट्रिक है कि आपको अगर संख्या दी है परसेंटेज निकालना है तो प्रतिशत तो वाला ऊपर रहेगा ठीक है थीके? अगर प्रतिशत तो निकालना है तो ये ऊपर रहेगा ठीक है थीके? अगर संख्या निकालना है तो ये ऊपर रहेगा ठीक है बस तो आपको इतना ही देख लेना है यही है मात्र रूप ठीक है अगर प्रतिशत निकालना है तो उसको ऊपर रखना पड़ेगा और संख्या निकालना है तो संख्या को ऊपर रखना पड़ेगा और कोई भी ट्रिक नहीं है बस यही अगर आपको याद हो गया तो आप मात्र कुछ सेकंडों में प्रतिशत का कोई भी सवाल हल कर सकते हैं तो ये तो समझ में आया ही नहीं होगा आगे समझते हैं फिर कैसे लगा सकते हैं इसको तो अब ये सवाल है इसको समझते हैं इससे हमें क्या निकालना है प्रतिशत निकालना है ठीक है बारह उसका कितना प्रतिशत होगा ठीक है सिंपली हम लोग क्या करेंगे प्रतिशत प्रतिशत को ऊपर रखेंगे ठीक है तो साठ कितना साठ हंड्रेड ठीक है तो हंड्रेड हंड्रेड लोग की मैं सिक्सटी ठीक है डायरेक्टली सिक्सटी देंगे अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है ठीक है 12 की ठीक है बारह की वैल्यू निकालनी कि 12 उसका कितना परसेंट है तो सिंपली उसको 12 रखते हैं, ठीक है परसेंट निकालना है तो परसेंट को ऊपर रख देना है संख्या को निकालना है तो संख्या को ऊपर रख देना है बस यही ट्रिक समझना है यही ट्रिक से कोई भी प्रतिशत का कोई भी सवाल आप तुरंत हाल कर सकते हो तो अब सिंपली बारह का परसेंट निकला है अभी जो मैंने आपको सॉल्व करके बताया ये डायरेक्टली निकलाया बारह इंटू फाइव संख्या उसकी मासिका है वो भी संख्या ठीक है तो, वो रही है। तो संख्या देखते हैं तो संख्या, है। तो संख्या एक, हजार। एक हजार संख्या तो ऊपर एक हजार बराबर कितने के दस। तो शौक कितना होगा ठीक है कितना दस यदि आप सबको मेरा यह कंटेंट अच्छा लगा तो हमें लाइक सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, जिससे हम इसी तरीक़े से नए वीडियो बना सकें और आपके सपोर्ट के साथ आगे बढ़ सकें इसी के साथ थैंक यू